हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक like कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे कि स्क्रीन पर दिखा रहा है आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तब पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आगे से आगे शेयर करो गाय जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो